अगर बात किया जाए मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में तो YouTube में बहुत सारे इंडिकेटर्स के नाम हैं जैसे आर हो गया स्टोकास्टिंग हो गया या फिर एम एस सी डी बी नाम हो लेकिन ये सारे जितने भी कैंडल्स YouTube में अपलोड किए गए हैं वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कुछ वीडियो में कहा गया है एम एस सी डी अगर सत्तर या अस्सी के ऊपर है तो ओभर जोन है वहाँ से आप सेल करना चाहिए और कुछ वीडियो में मैंने ऐसा देखा कि एम अगर सत्तर या अस्सी के ऊपर है तो आप बाई कीजिए क्योंकि बाय नर्स को बाय करना अच्छा रहता है और काफ़ी हद तक हमने भी देखा है जब हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं और ओवर uh, जोन में शॉर्ट करते हैं उसके बाद भी प्राइस ऊपर जाता है और नीचे के साइड में ओवर सोल्ड जोन में भी हम अगर बाय करते हैं उसके नीचे भी प्राइस जाता है तो अगर इंडिकेटर को समझे तो इंडिकेटर कभी बाय सेल सिग्नल नहीं देता कुछ इंडिकेटर हैं जो आपको बायसेल में बहुत हेल्प करते हैं वो सिग्नल्स भी देते हैं लेकिन ज़्यादातर मोमेंटम इंडिकेटर तो आपको बायसेल सिग्नल नहीं देता उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट जैसे अगर आरएसआई हो एमएससीडी हो या फिर स्टोकास्टिक क्यों ना हो इसको कंफर्मेशन इंडिकेटर कहा जाता है लेट सपोज मैंने बाय किया है स्टॉक और वो ओवर बॉड जोन में जा रहा है तो मेरे लिए एग्जिट करने का टाइम आ गया ठीक है ये तो हो गया मेरे स्टाइल का ट्रेडिंग अगर यूट्यूबर्स जो आपको बताते हैं उसको मैं समझाना चाहूँगा आप अगर ओवर बॉड जोन में खरीद रहे हो तो याद रखिए आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो इंट्रा तो ओवर बॉड जोन में खरीदना सही रहता है लेकिन अगर आप पोजीशन में लेना चाहते हैं स्टॉक्स तो ओवर बॉड जोन आपके लिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि वहाँ से प्राइस वापस आ सकता है तो सिंपल सी बात है हम अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो छोटा टाइम फिर तो देखेंगे नहीं वहाँ पर हम देखेंगे डेली कैंडल चार्ट आवली या फिर वीकली उसको खरीद बढ़ रहा है उसको भी खरीद लेते हैं तो ओवरबॉर्ड और भी ओवरब्रॉड हो जाता है तो वहां पर आपको पैसा मिलेगा समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे तो सिंपल सी बात है जब मोमेंटम इंडिकेटर यूज करें तो ओवरबोर्ड जोन में स्कैल्पिंग के लिए ओवरबोर्ड जोन में खरीद खरीदिये और उसी तरह अगर ओवरसोल्ड जोन में है तो वो सेलिंग साइड में है। जैसे ओवरसोल्ड जोन में आता है प्राइस में इंडिकेशन आता है प्राइस सेक्शन को फोकस कीजिए अगर सेल साइड दिखाता है तो सेल कीजिए अच्छा हो गया देखिए इंडिकेटर को देख के ट्रेड करना बन आपको कैंडल सीखने होते हैं और प्राइस सेक्शन के ऊपर फोकस करना होता है प्राइसेस और कैंडल्स उसके बाद पोजिशन साइजिंग और मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के ऊपर आप अगर काम कर रही है तो इंडिकेटर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं तो बंद कीजिए इंडिकेटर को देख के ट्रेड लेना प्राइसेक्सन को फोकस कीजिए अच्छे से ट्रेड कीजिए थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट नॉटलॉक